एक जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आई तथा आई कैंडिडेट्स सभी के लिए जानकारी इम्पॉर्टेंट से ये जो एन सी का पोर्टल है इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के अवगत करा दूंगा। अब मैं स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ सबसे होम पे ऑप्शंस जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है इसके बाद में आईटीआई टी पर हम क्लिक करेंगे जैसे ही माउस का बटन क्लिक करते हैं आईटीआई पे आईटीआई सर्च है क्या चीज अब हम आईटीआई सर्च पे क्लिक करेंगे आईटीआई सर्च पे करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा अब हमें इससे ये मालूम चलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी आईटीआई टी आई अगर हमें पता करना होगा तो कैसे करेंगे सबसे पहले हमें एग्जाम सिस्टम मतलब एनुअल की सेमेस्टर मान लिया हमने एनुअल सेलेक्ट किया इसके बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है स्टेट एग्ज़ाम टाइप के बाद में स्टेट मान लिया हम यूपी में पता करना चाहते हैं यूपी नेक्स्ट स्टेट हम सिलेक्ट करेंगे किस स्टेट की हमें जानकारी चाहिए मान लिया हमें उन्नाव की हमने उन्नाव सेलेक्ट कर लिया अब इसके बाद में हमें आई टी टाइप अब हम आई का टाइप सिलेक्ट करेंगे गवरमेंट्स की प्राइवेट मान लिया हमें उत्तर प्रदेश में उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पता करना है कितनी टोटल आई हैं इसके बाद में हम प्राइवेट्स पे क्लिक करेंगे अब हम इसके बाद में अब देखिए हमने क्या क्या सिलेक्ट किया एग्जाम सिस्टम स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट उन्नाव अब हम देखेंगे प्राइवेट आई पे क्लिक किया अब हम देखेंगे क्या नीचे आ रहा 15 रिकॉर्ड फैचर सक्सेसफुली ऑन बेसिस ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट उन्नाव टाइप आल लोकेशन आल एक्टिव मतलब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पंद्रह आई हैं अब हम देखेंगे कौन कौन सी आई आई है इसमें पूरा डिटेल दे रहा आई का कोड आई नेम टाइप्स लोकेशन एड्रेस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ट्रेड सीट ट्रेन, ट्रेनीज, सी स्कीम फाइल रेफरेंस, फाइनल ग्रेडिंग इंस्ट्रक्टर काउंट पूरी डिटेल इसमें आई के बारे में दे रहा अब हम देखते हैं एग्जाम्पल पे। मान लिया आई कोड सबसे पहले ही देख रहे हैं हम आई कोड क्या दे रहा है पी क्या है आजाद उन्नाव टी सी हमने सिलेक्ट किया था लोकेशन रूलर एड्रेस आजाद नगर पिपरी खेरा उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उन्नाव हमने सिलेक्ट किया था इस वजह से उन्नाव का दिख रहा है स्टेट उत्तर प्रदेश कितनी ट्रेड यहाँ पे एक ट्रेड सीट कितनी है साठ ट्रेन, जीरो मतलब इस आई में जीरो ट्रेनिंग है ग्रेडिंग जीरो मतलब ट्रेनि जीरो इंस्ट्रक्टर जीरो सारी चीजें जीरो सिर्फ आईटीआई आई की ट्रेड यहाँ मेंशन है नेक्स्ट हम देखेंगे बारा देवी प्राइवेट आईटीआई इसका लोकेशन आपको दिख रहा है शुक्लागंज में है डिस्ट्रिक्ट उन्नाव इसमें तीन ट्रेडें हैं टोटल सीट 240 कितने ट्रेनीज हैं यहाँ पे एट्टी ये यह जो यहाँ पे सीटें दिख रही हैं ट्रेनिज मतलब इस समय इस सेशन में जो ट्रेनिज हैं एटी है सतासी इंस्ट्रक्टर काउंटिंग कितना दिख रहा है जीरो बारा देवी आईटीआई आई में इंस्ट्रक्टर की काउंटिंग जीरो दिखा रहा है अब यहाँ से हम बिल्कुल करंट की स्थिति भी जान सकते हैं कि किस आईटीआई आई में कितना इंस्ट्रक्टर है और कितने ट्रेनीज हैं अब नेक्स्ट आ गए हम डॉक्टर बीरेन स्वरूप प्राइवेट आईटीआई टी आई, टाइप्स रूलर एड्रेस दिया हुआ है उन्नाव ट्रेड तीन ट्रेड सीट तीन मतलब कि जो तीन ट्रेडें हैं इसमें वन ईयर में 180 एक शिफ्ट में दो यूनिट मतलब छह दूनी बारह क्षेत्र अठारह एक सौ एक साल में और दूसरे साल में 180 मतलब 360 टोटल सीट है अब ये जो ट्रेनिंग दिख रहा है ये करंट सेशन में 2021 में कितने कैंडिडेट ने एडमिशन लिया है 47 ये यहाँ सैतालीस दिखा रहा है कि इस तरीके सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखा रहा है फाइल्स ये दिखा रहा है। फाइल्स रिफरेंस नंबर दिखा रहा है ग्रेडिंग ग्रेडिंग मालूम करना होगा तो आप इस पर क्लिक करेंगे ग्रेडिंग मालूम चल जाएगी। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर काउंट, काउंट टोटल 20 दिखा रहा है अब हम ग्रेडिंग पे क्लिक करेंगे अगर हमें मालूम करना है इस आईटीआई की ग्रेडिंग क्या है ग्रेडिंग पे हम क्लिक करेंगे देखिए इसमें दिखा रहा पैरामीटर फाइनल रेटिंग ऑफ आई टी मतलब इस जिस भी आई टी आई की आपको ग्रेडिंग मालूम करनी हो आप यहां से मालूम कर सकते हैं और आई में कितने स्टूडेंट करंट में हैं करंट ईयर में ये सारी चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं ये तो हो गया हमारी जानकारी के लिए आई किस तरीके सर्च करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी आई टी है अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ट्रेनी सर्च जिस तरीके से हम आई टी सर्च कर रहे थे अब हम ट्रेनी सर्च करके दिखाएँगे ट्रेनिंग सर्च करने के बाद में आप सबसे पहले स्टेट चॉइस करेंगे हमने यूपी स्टेट चॉइस कर लिया इसके बाद में आईटीआई आई का नाम देखें डाल लेंगे हम अब देखिए जब हमने उत्तर प्रदेश स्टेट चॉइस किया तो इसमें क्या दिखा रहा 1000 रिकॉर्ड फेच सक्सेसफुली ऑन बेसिस मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 हजार आई जिसकी यहाँ पे पूरी पूरी डिटेल शो हो रही है और आई टी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल एक हज़ार रिकॉर्ड फेस सक्सेसफुल मतलब पूरे यूपी के अंदर एक हज़ार कैंडिडेट्स का यहाँ पे पूरा डाटा शो कर रहा है जो कि आपके सामने लाइव में दिखा रहा हूँ कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट्स ट्रेनिस का नाम ट्रेनिस का टाइप एज जेंडर आई का नाम सेशन ट्रेड मॉड्यूल सेमेस्टर इस तरीके से पूरी जानकारी दिख रही है अब इसके बाद में तो ये तो यूपी की बात हो गई अब हमें पर्टिकुलर आईटीआई का पता करना है तो हम यहां पे आईटीआई का नाम डालेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आईटीआई का नाम ले रहा हूं मैंने आई का नाम ले लिया इसके बाद में हमें क्या करना है आई टी नेम हो गया इसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लेते हैं जिस भी आई का आपको सर्च करना है आई टी नेम और डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर लीजिए अब हमें यह देखना है किस ईयर के किस ईयर के कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए मान लिया हमने मान लिया एग्ज़ाम्पल पे 2021 2021 में इस आईटीआई में कितने कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया हुआ था अब हम इसकी जाँच करेंगे इसके बाद में देखिए आपके सामने इतनी चीज़ें ही डालने से सिर्फ हमने क्या क्या डाला स्टेट चॉइस किया आई का नेम डिस्ट्रिक्ट और जिस ईयर सेशन के बच्चे की डिटेल चाहिए मान लिया दो में कितने कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया है बस इतनी चीज डालने के बाद में हमारे सामने ये दिख जाएगा कि 2021 में कितने कैंडिडेट्स ने एडमिशन लिया हुआ है ये सारी डिटेल यहाँ पे 2021 तक के सारे बच्चों की यहाँ पर डिटेल इन्होंने दिखा दिया हुआ है देखिए 18 का भी बच्चा है 19 का भी है 20 का भी है 21 का भी है एकेडमिक सेशन 2021 अब इसी तरीके से हमें एकेडमिक सेशन 2018 के चाहिए तो हम 18 का भी देख लेंगे ये देखिए 2018 में 333 रिकॉर्ड फेच सक्सेसफुली ऑन पेसेज डॉक्टर वीरेन्द्र स्वरूप प्राइवेट आईटीआई 2018 में 333 कैंडिडेट ने एडमिशन लिया हुआ था इसमें पूरे कैंडिडेट्स की डिटेल यहां शो कर, कर रही है रजिस्ट्रेशन नंबर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेनिस का नाम ट्रेनिस टाइप एसेट्रा सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रही हैं जिस किसी को भी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करने में प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस प्रोसीजर्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च कर सकते हैं जो कि मैंने आपको आज यहां पे बता दिया है मैंने आपको दो चीज़ें बताई आई सर्च करना कैसे और ट्रेनिंग सर्च करना कैसे दो चीज़ें मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से मैं एक एक ऑप्शंस के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं मैं धीरे धीरे करके आपको इस पूरे एन पोर्टल के बारे में पूर्ण जानकारी दे दूँगा जो कि काफ़ी आई वाले नहीं चाहते हैं कि किसी को भी इसकी पूर्ण जानकारी ना हो लेकिन मैं कोशिश करूंगा मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको पूर्ण जानकारी इस पोर्टल के बारे में दे दूं जिससे कि जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स आईटीआई टी आई एसेक्ट्रा एक्सवाइजेड किसी को भी इन प्रॉब्लम्स का फेस ना करना पड़े अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ला, करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको और भी कोई चीज़ मालूम करनी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर कमेंट करिए मैं आपको उसकी भी वीडियो बना करके दिखा दूँगा थैंक्स फॉर वाच माय वीडियो